एक टोकरी में प्रति मिनट पहले से दुगने अंडे रखे जाते हैं इस प्रकार टोकरी एक घंटे में भर जाती है तो टोकरी को एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है